जय हिंद दर्शकों गणतंत्रता दिवस अर्थात छब्बीस जनवरी की शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विद आशीष वत्स आप सभी के समंच 26 जनवरी दिन रविवार का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है और आपके नक्षत्रों के आधार पर आधारित है तो दर्शकों आज का राशिफल क्या कुछ खुशियां समेटे हुए हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे आज का पंचांग क्या कहता है सबसे पहले इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दर्शकों विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर शख सूर्योदय होगा प्रातः छह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच मिनट पर यह पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है दर्शकों जो तिथि रहेगी ये पक्ष की और द्वितीय तिथि रहेगी द्वितीय के बारे में दर्शकों देखिए हमने बताया था कि कटेरी का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वैव पुराण में कटेरी के सेवन की मनाही है नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा और कर रहेगा बालो और कवलव इसके जो है उपरांत जो योग आता है तो व्यातिपात योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं जिसको कि हम लोग अपने ज्योतिषीय भाषा में अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं तो आज का शुभ समय रहेगा सुबह ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से बारह बजकर चालीस मिनट तक की वही अशुभ समय अर्थात राहु काल पर आ जाते हैं तो शाम को चार बजकर उन्नीस मिनट से पाँच बजकर उनतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये काल का है चंद्रदेव दर्शकों देखिए आज मकर राशि में चलायमान रहेंगे लेकिन शाम को इनका जो है राशि परिवर्तन होगा और ये कुंभ राशि में चले जाएंगे पाँच बजकर उनतालीस मिनट के बाद सूर्यदेव मकर राशि में चल रहे हैं और मकर राशि में ही शनि देव का साथ मिला हुआ है सूर्य शनि की युति यहां पर बनी हुई है तो क्या कुछ रहेगा खास इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आज का राशिफल हमने तैयार किया है लेकिन दर्शकों जो रविवार का दिशाशूल है इस पर भी प्रकाश डाल देते हैं पश्चिम दिशा की ओर का दिशाशूल रहता है पश्चिम दिशा की ओर यात्राएं करने से आज आपको बचना होगा यदि करने की आवश्यकता हो तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग जो है गुड़ का और पान का सेवन या घी का सेवन करके तब यात्राओं पर निकले तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन सवेरा ले कर तो तो लाभ से कुछ दूर रखती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आलस्य में पड़ करके आज आप काम से दूर भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन ध्यान रखें प्रातः काल से मध्यान्ह के बीच की गई मेहनत आपके द्वारा बाद में अवश्य आपको संतोष प्रदान करती हुई दिखाई पड़ रही है कार्य व्यवसाय भी दिन के पूर्वार्ध में ही लाभ के अवसर प्रदान करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोपहर बाद आज मार्केट में बाजार में उदासीनता आने से धन लाभ के लिए आपको थोड़ा सा भटकना पड़ सकता है तरसना पड़ है पड़ सकता है नौकरी वाले जातक आज संतोषजनक कार्य करने के बाद भी अधिकारियों से विशेष प्रयोजन सिद्ध ना कर पाने पर नाराज रहेंगे परिवार में पूजा पाठ के आयोजन से होने वाले वातावरण आज आपके घर में मंगलमय रहेगा लेकिन घर के सदस्यों में आज कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य रहेगा आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको कम ही रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि भगवान भास्कर के सम्मुख बैठ करके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें साथ ही साथ आज गाय को रोटी में गुड़ डाल करके आपको जरूर खिलाना होगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा आठ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि टॉरस क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे अवसर तो भी मध्याहन बात से मिलने लगेंगे लेकिन आज आपके मन में स्वभाव में चंचलता आने से समय पर निर्णय लेने में कुछ परेशानी आएगी जिसके परिणाम स्वरूप सीमित लाभ से ही संतोष करना पड़ेगा आज परिस्थितियां देखिए आपके कुछ जो है ए, अनुकूल बनी रह सकती हैं मेहनत करने से आपको आज पीछे नहीं हटना रहेगा साथ ही साथ ही किसी भी कार्य से तुरंत लाभ नहीं होगा लोग आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए भविष्य में धन के साथ सम्मान भी मिलेगा घर का वातावरण आज अन्य दिनों की तुलना में आनंदमयी रहेगा कुछ छोटी दूरी की अल्प यात्राएं हो सकती हैं उपाय के तौर पर आज के दिन आपको करना क्या रहेगा तो आज आपको सूर्य कवच का पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक जेमिनी मिथुन राशि देखिए मिथुन राशि के जात को आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा और अच्छा हो सकता है यदि आप अपने अंदर के ईगो को मार दें आज का दिन रहस्यपूर्ण बातें जानने का दिन रहेगा आज आपके कामों में जो विघ्न आएगा यह स्वतः ही दूर हो सकता है बस आपको परिश्रम करनी पड़ेगी अनैतिक कार्यों की ओर भी आज मिथुन राशि के जातकों का मन अग्रसर रहेगा आर्थिक मामले अंत समय में उलझने के कारण आज व्यवसाय पर इसका असर साफ देखने को मिल सकता है आज खर्च निकलने लायक धन कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा आज किसी जानने वाले की बातों पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें परिवार में कोई अप्रिय घटना घटने से मन व्यथित होगा सेहत संबंधी कुछ नई समस्या आपके बन सकती है कोशिश कीजिएगा यदि आज आप यात्राओं पर जाते हैं तो इसको स्थगित करने में ही आपकी भलाई है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए गाय को आज आपको गुड़ और मूंग खिलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा सात कर्क राशि के जात को देखिए आज का दिन सामाजिक कार्यों में योगदान देने से आज आपका सम्मान बढ़ाएगा आज आप अपने कार्यों में जल्दबाजी दिखाएंगे जिससे कोई भी कार्य पूर्ण तो जल्दी हो जाएगा लेकिन इससे संबंधित लाभ के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ सकता है सार्वजनिक क्षेत्र पर दान पुण्य के अवसर आज आपको मिलेंगे लेकिन इससे स्वभाव में अहंकार आपके आएगा तो देखिए दर्शकों दान करिए लेकिन अहंकार उसका मत आए यही तो जो है मतलब एक अच्छाई होती है मानव जीवन में तो इस अच्छाई को आप फॉलो करिए अपने अंदर के ईगो को आपको आज मारना रहेगा साथ ही साथ आज, आज आपको कोई लालच दे करके ठगी का आपको शिकार बना सकता है अतः प्रलोभन से आज, आज आपको बचना रहेगा अन्यथा आज होने वाला लाभ जो है मिलते ही व्यर्थ में आपका चला जाएगा दहस्ती चलाने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आपसी तालमेल में कमी आएगी के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो, तो कर्क राशि के जात को आज आपको सुंदर कांड का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज आप कोशिश कीजिएगा कि किसी गौशाला में जाकर के और गेहूं का दान आप लोग जरूर करिए गौशाला में गेहूं का यानी कि आप गाय को गेहूं भी खिला सकते हैं शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा दो सिंह राशि के जात आज आपको सरकारी क्षेत्र से शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है सार्वजनिक क्षेत्र पर भी आज आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा लेकिन आज लापरवाही करने से आपको बचना रहेगा अन्य इसके विपरीत परिणाम जो है आपको मिल सकते हैं कार्य व्यवसाय की स्थिति पहले से बेहतर बनी रहेगी फिर भी आज धन को लेकर के अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ेगा अपने कार्य नियत समय से थोड़े विलंब से आज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपको जो है बाहर से कोई सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है धन लाभ आपको मिलेगा जिनको आपने पूर्व में धन दिया है पैसा दिया है वो आज आपको वापस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक के अलावा बाकी सब कुछ ठीक रहेगा आप लोगों के बीच आत्मनीयता बनी रहेगी बुजुर्गों की सेहत संबंधी समस्या अनदेखी के कारण कुछ गंभीर हो सकती है तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या होगा तो देखिए आज आप लोग महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का पाठ करें भगवान भास्कर को अर्घ्य रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा नौ कन्या राशि के जात को आज दिन के आरंभिक भाग में पूजा पाठ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है आज दैनिक कार्यों के भागदौड़ में शरीर की भी आपको शुद्ध नहीं रहेगी खान में लापरवाही के कारण कोई पुराना जो है रोग आज फिर से उभरने की संभावना रहेगी कार्य व्यवसाय में लाभ की संभावना बनेगी लेकिन अंत समय में कुछ ना कुछ बाधा आने से धन प्राप्ति आगे के लिए कुछ टल सकती है नौकर साहों के लिए दिन लाभदायक रहेगा अतिरिक्त आय बनाने के अवसर मिलेंगे लेकिन कम से जो है आप संतोष करिएगा संतोषम परमम सुखम अन्यथा आज आपके मन में लालच का जो है वास हो सकता है माया आज, आज आपके ऊपर हावी रहेगी परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी घर परिवार का वातावरण ठीक रहेगा धार्मिक क्षेत्र की यात्राएं हो सकती हैं दान पुण्य पर आज, आज आपका धन खर्च होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज जल में आपको मसूर की दाल और गुड़ मिक्स करके भगवान भास्कर को अर्घ देना है और भगवान सूर्य देव के गायत्री मंत्र का 108 बार आप लोग जाप करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन रहेगा ब्राउन तुला राशि के आज आपको सर में भारीपन लगेगा लेकिन मध्यान्हन के बाद स्वास्थ्य में आपके सुधार आते हुए दिखाई पड़ रहा है धार्मिक कार्यों में आज आप लोग रुचि लेते हुए दिख रहे हैं पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्यो में आज आपका मन लगेगा आज आपकी एकाग्रता भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही कार्य व्यवसाय से आज आशा आपको कम रहेगी धन लाभ भी आज आशा के अनुरूप कम ही होगा आज किसी नए कार्य को आरंभ करेंगे अथवा कार्य क्षेत्र पर नए प्रयोग स्थापित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन तुरंत लाभ की आशा ना करें ये आपके लिए बेहतर रहेगा आज का दिन आपके जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है विवाह योग्य लोगों को आज कोई रिश्ते में जो है इनके यहाँ कोई रिश्ता आ सकता है लघु दूरी की यात्राएं होंगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो गायत्री मंत्र का आज आप लोग इक्यावन बार जो है पाठ करिए साथ ही साथ आज के दिन नमक एवाइट करिएगा शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा एक स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातको आज के दिन धैर्य धारण करने का लाभ धारण करने का दिन रहेगा किसी ना किसी रूप में आज आपको श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी आज दिन के आरंभ से ही कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा जल्दबाजी में सौदे करने से आज आपको बचना रहेगा मध्याहन तक का जो है समय आपको थोड़ा सा इंतजार करवाएगा आज आपके लाभ में वृद्धि हो सकती है धन की आमद आज निश्चित रहेगी लेकिन इंतजार करने के बाद ही आज दोपहर बाद आपको जो है नए लोगों से विचार आपको जो है मिलेंगे साथ ही साथ उनके विचारों को आप अपने कार्यक्षेत्र में इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई पड़ पारिवारिक वातावरण में भी दोपहर बाद आज सुधार आता हुआ तो अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय का तीन बार पाठ करिए नमक का सेवन आज सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिल्कुल भी मत करिएगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक तो आज दिन के पहले भाग में आप किसी कार्य को लेकर के दुविधा में रहेंगे इसके कारण भागदौड़ भी करनी पड़ेगी परंतु लाभ होते होते आज कुछ हाथ से निकल सकता है आपके भाग्य का साथ आज अन्य दिनों की अपेक्षा कम ही रहेगा घर का शांत वातावरण आपसी तालमेल की कमी के कारण कुछ खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज जो है घर परिवार में किसी नए सदस्य को जो है रोजगार प्राप्त होता हुआ यहां पर दिख रहा है लंबी दूरी की यात्राएं करिएगा लेकिन प्रयास ये करिएगा कि यात्राओं में अजवाहन का प्रयोग कम से कम करिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आज आपको यात्रा करनी रहेगी व्यावसायिक क्षेत्र पर लाभ के अवसर आपको मिलेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का एक माला का आप लोगों को जाप करना रहेगा साथ ही साथ भगवान भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा और आदित्य पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा आज पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा अंक पांच कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि के जात को तो आज दिन के आरंभिक भाग में आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर के उत्साहित रहेंगे लेकिन सेहत में धीरे धीरे नरमी आने से मन का उत्साह जो है ये कुछ उदासीनता में बदल सकता है काम धंदे, काम धंधे की अपेक्षा के अनुसार आज नहीं चलेगा मानसिक बेचैनी रहेगी जो लोग फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं आइसक्रीम से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं इनको धन हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है व्यवसायी वर्ग आज तुरंत लाभ पाने की कामना से निवेश ना करें अन्यथा निराशा हाथ लग सकती है साथ ही साथ आज आपको पैसा जो है जिनको आपने दिया होगा तो थोड़ा सा अगर आज आप उनको प्रेसराइज करेंगे तो आपको धन प्राप्ति सुगम होती हुई दिखाई पड़ रही है परिवार में कोई मौसमी बीमारियों के प्रकोप से ए, प्रकोप के चपेट में आ सकता है जिससे दवाओं पर आपका खर्च रहेगा उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो गेहूँ का गुड़ का और तांबे का दान आज आप लोग किसी युवक को करें शुभ कलर रहेगा ब्लैक शुभ अंक रहेगा छः कुंभ राशि के जात आज दिन के आरंभ में स्वभाव में नरमी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं बेतुकी बातें करके परिवार का वातावरण आप लोग तो खराब ना करिए तो ठीक रहेगा आज का दिन नए रोजगार नए वाहन नए भूमि की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपने शांत मन में आज कोशिश कीजिएगा कि दूसरों के लिए कुछ आप लोग जो है दूसरों के बारे में सोचें कुछ दान पुण्य का आप लोग काम करें अपनी गलतियों से आज आप लोग सबक लेकर के यदि आगे बढ़ते हैं तो ठीक है आज दिन में आपको धन प्राप्ति होगी लेकिन वो धन दूसरे द्वार से वापस जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करिए साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात अंतिम राशि पर चलते हैं अंतिम पड़ाव पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस जी हाँ मीन राशि तो मीन राशि के जातकों आज दिन के पूर्वार्ध में उदासीनता से ग्रस्त रहेंगे सर पर दायित्व के कारण कार्य करने का आज आपको मन तो करेगा लेकिन कहीं से कोई सहायता न मिलने से मन में नकारात्मक विचार आएंगे घर के किसी धार्मिक कार्यों में मांगलिक कार्यों में आज आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं या कर सकती हैं प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग रहेगा आज पुराने रिश्तेदारों से मिल करके आज आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न जो है प्रसन्नचित रहेगा आज आपका धन हानि होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो भी डिसीजन आप लेंगे आप वो थोड़ा सा गलत सिद्ध होगा इसलिए पेशेंस से काम रखिएगा धैर्य से काम करिएगा धन हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आज धन जो है आपको बड़ा जो है मेहनत करके बहुत व्यवधानों के बाद ही प्राप्त होगा पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी सेहत कुछ नरम रहेगी फिर भी इस ओर आप लोग ध्यान नहीं देंगे अपने सेहत की ओर आप लोग ध्यान दें ये आपके लिए बेटर रहेगा उपाय पर आ जाते हैं उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा बंदरों को गुड़ और चना खिलाइएगा साथ ही साथ यदि गाय माता मिल जाए तो रोटी पर घी रख करके और गुड़ रख करके आप खिलाइए चंदन लाल रक्त चंदन का तिलक मस्तक पर आपको आर लगाना रहेगा ये छोटा सा प्रयोग करिएगा दिन आपका सफल रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाइए भाई नए लोग हमको नहीं पता है लेकिन हमारे जो पुराने दर्शक हैं उनको तो पता है कि इस वीडियो को कैसे आगे बढ़ाना है दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार